मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक स्थापित किए जा रहे हैं सिंगरौली में भी इस तरह के संजीवनी क्लिनिक स्थापित किए गए सिंगरौली <corresponding> के वार्ड छत्तीस के जुबारी रजक मौला में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक के लिए भूमि पूजन निगम अध्यक्ष देवेश पांडेय एवं पार्षद प्रेम सागर मिश्रा की उपस्थिति में किया गया पार्षद प्रेम सागर मिश्रा ने बताया की वार्ड में क्लिनिक बन से ग्रामवासियों को आवश्यकतानुसार दवाई क्लिनिक में ही उपलब्ध हो जाएगी मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक की जरूरत यहां काफी अर्जे से महसूस की जा रही थी मुख्यमंत्री संजीव क्लिनिक का जो कार्य प्रारंभ कराया गया करन किया गया इससे जाने से उनको स्वास्थ्य को लेकर के दवा से संबंधित स्वास्थ्य संबंधित अनेकों सुविधा तो लाभ मिलेंगी दूर दूर जाकर के दवा लेने जाते थे वह उनको पास में मिलेगा उससे उनसे तो कुछ छुटकारा मिलेगा